जय हिंद आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर ऑन इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से तैयारी किया जाता है सबसे पहले हम समझते हैं कि एक सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए किस तरीके से किस स्टेप से चलना है आप ये बात को सब समझ जाएंगे तो आपको तैयारी करने में और ईजी हो जाती इसलिए इंग्लिश सब्जेक्ट ऊपर तैयारी करने के लिए इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट को तैयारी करने के लिए सबसे पहले बेसिक को समझते हैं फिर हाई लेवल को समझ दें बेसिक और हाई लेवल को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे अब तो कंपटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है प्रैक्टिस करना है कम्पिटेटिव एग्जाम डिपेंड करते हैं आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे कम्पिटेटिव तो एग्जाम के लिए और इजी हो जाते हैं इसी तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट को हमने चार पार्टों में डिवाइडेड किया है पार्ट वन यूज अ मदर टंग मतलब तो बेसिक पार्ट टू ग्रामर पार्ट थ्री कंपोजिशन राइटिंग स्किल पार्ट फोर में तब हो इंग्लिश सभी जानते हैं एक फॉरन लैंग्वेज है हमारा इंडियन लैंग्वेज नहीं है तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो मदर टंग है अपना लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे ट्रांसफर किया जाते हैं उस इंग्लिश लैंग्वेज को सेंस हमारा लैंग्वेज को सेंस का दोनों को बराबर करना है इसलिए बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बाद आता है ग्रामर जब बेसिक क्लियर कर लेंगे तब ग्रामर सीखने में बहुत ईजी हो जाते हैं। उसके बाद पार्ट वन पार्ट टू जब दोनों अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे तब राइटिंग स्किल ईजी हो जाता राइटिंग इसके है राइटिंग स्किल के लिए नॉलेज एंड प्रैक्टिस जरूरी है भूकैप भूकैप भी उसी तरीके से प्रैक्टिस की जरूरत है तो आगे स्लाइड में हम समझेंगे पार्ट वन में कौन से कौन से सब्जेक्ट कवर करना है पार्ट टू में कौन से सब्जेक्ट कवर करना है पार्ट थ्री में किस तरीके से चलना है पार्ट फोर में किस तरीके से चलना है पार्ट वन में पार्ट वन में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए बेसिक कंप्लीट करना बहुत जरूरी है तो बेसिक में सेंटेंस पैटर्न नंबर पार्सन टेंस इस प्रकार से यूज होता है बी भार है गोवर टेंस टेंस एक इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो टेंस को डिटेल में समझना है बेसिक में फिर आगे आते हैं दे आर दे आर कोई मीनिंग नहीं होता है ईट को भी कोई मीनिंग नहीं होता है मतलब दे आर आर को इंग्लिश लैंग्वेज को सेंस में बदलने मतलब अपना लैंग्वेज को सेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में बदलने के लिए दे आर आर को किस तरीके से यूज किया जाता है वो जानना है पार्टिसिपल भारत भारत में पूरा डिटेल्स में थोड़ा बताएंगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन दे, दे देंगे पार्टस ऑफ इसके लिए आगे ग्रामर के लिए बैसिक इंपॉर्टेंट है एडवांस लेवल के लिए. पार्ट टू पार्ट टू में आता है ग्रामरिये तो ग्रामर हम इजी तब कर पाएंगे जब हम अच्छी तरीके से बेसिक को क्लियर कर पाएंगे वॉइस चेंशन डिग्री यूज ऑफ क्वेश्चन टैग ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है आर्ट और टाइप्स को बिल्कुल नाउन पोनाउन जो भी पूरा आर्ट जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको पूरा समझना है फिर कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस भी टाइप होता है ग्रामर में तो समझना है आगे आते मूड इंग्लिश लैंग्वेज के मूड किस चलते हैं Determiner, Advance भार Subject भार Agreement, Article, Clause and Punctuation English language में ये सब समझ Part पार्ट Part पार्ट important इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल और वोकैप के लिए पार्ट थ्री में आता है राइटिंग स्किल राइटिंग स्किल में पहले ही बता चुका हूँ राइटिंग स्किल के लिए प्रैक्टिस जरूरी है नॉलेज राइटिंग स्किल के पाँचों पार्टों में भाग किया है लेटर पैराग्राफ जैसे राइटिंग प्रेसिस पिक्चर डिस्क्रिप्शन इसके अंदर इम्पोर्टेंट uh, लेटा तो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी उतना लेटर सबसे इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ राइटिंग जैसे अप्रेसिस प्रेसिस आजकल कंप्यूटर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिस प्रेसिस को समझना बहुत ही जरूरी है ये सब राइटिंग स्किल को तो तभी अच्छा कर पाएंगे हम बेसिक पार्ट वन पार्ट टू मतलब बेसिक और ग्रामर को समझ लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस नॉलेज जैसे मान के चला अभी न, कोई ऐसे लिखने दे दिया एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लिखा जाए तो आप नॉलेज नहीं रहेंगे एजुकेशन पॉलिसी होता क्या एजुकेशन पॉलिसी कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कौन इंप्लीमेंट करते हैं क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है अभी का जो पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी वो किस मोड में जा रहा है यह सब इसलिए जैसे राइटिंग या राइटिंग स्किल का जो टॉपिक है पूरा का पूरा नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है नॉलेज और प्रैक्टिस नॉलेज प्रैक्टिस कैसे करेंगे एरर करेक्शन में मिल जाते हैं तो ये सब हम कर पाएंगे प्रैक्टिस करना जरूरी है इसके लिए हम प्रैक्टिस आगे हम क्लास वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर जिस हिसाब से आगे बताया है फिर ए लर्निंग है इस चैनल के ऊपर हम बेसिक क्लास के ऊपर वीडियो बनाएंगे बेसिक क्लास के ऊपर जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएंगे तब तो लैंग्वेज का सेंस और रीडिंग प्रैक्टिस करना है लैंग्वेज को सेंस इस प्रकार से होता है सेंस मतलब सेंस समझना जरूरी है फिर रीडिंग प्रैक्टिस करना है सेंस क्या होता है सेंस मतलब जैसे हमारा जो मदर टंग है उसका हम बोलता हो कैसे फिर इंग्लिश में भी उसको इंप्लीमेंट किया जाता है ये सेंस सेंस को समझना है फिर हाई लेवल फिर कंप्यूटर एग्जाम कंप्यूटर एग्जाम के लिए मेन होता है प्रैक्टिस कंप्यूटर मेन होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस के अलावा कंप्यूटर एग्जाम क्लियर नहीं हो सकते इसलिए प्रैक्टिस कंप्यूटर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक जो वीडियो है इसको क्लियर करेंगे High level को भी डिविजन करके क्लियर करेंगे आपको किसी भी क्वारी रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो जो इसके ऊपर हमने ये डाउट रहेगा तो हम कोशिश करेंगे उस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जय हिंद